भैया जो जो अंकल जो वहाँ पे थे बैठे हुए चार तो वो बोल रहे कि ये किया है और मैं वापस से आ गया हूं ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ तो ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे भी मालूम नहीं इस ब्लॉग में क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं कोई कुछ नया चीज़ मिलेगा और पब्लिक रिएक्शन देखने को बहुत मिलेगा क्योंकि मैं मार्केट में जा रहा हूं पहली बार मार्केट हमारे यहां का जो नेचा का मार्केट है वहाँ पर पहली बार मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ तो मार्केट में बहुत ही मज़ा आने वाला तो चलिए करते वीडियो का स्टार्ट सो वाह ही डू और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फैमिली आर्मी ज्वाइन कर लो क्यूँकी हरा भाई करना सो so, सो ही डूड so, पानी लगाइ में मार्केट पहुंच चुका हूं और मार्केट पहुंचने से पहले मैं सोचा कि मैं अपना सामान किससे ले जाऊँगा तो बेग खरीद लेता हूं इसमें अपना सामान भर लूंगा जो कि घर में लेने को मैं बोला कि किसने बोला वह ठेली तो कुछ लेता नहीं तो मैं अपना बैग ले लेता ले हूं उसके बाद बेग लेने के बाद तो मैं अपना बेग ले लिया उसके बाद चलता हूँ मार्केट में बेग और कुछ दूसरा लेना ले वाही ने में मैंने अपना गोगल ले लिया अब जाके गूगल्स लेना होगा क्योंकि जो मेरा पहले वाला गूगल्स था वो खराब हो गया वापस तो से मुझे नया लेना पड़ेगा जब मैं जामनगर गया था गुजरात में वहीं पे मेरा ख़राब हो गया था तो वापस लेना पड़ेगा सो so, अब चलता हूँ गूगल के सॉर्च पे उसके बाद आगे के जब मैं पूछता हूँ सोल्ड काम पे जो रोड रोड वाला है रोड वाला है है नहीं ये ये वीडियो बनाने के लिए ठीक है आप तो भैया पे थे बैठे चार वो बोल रहे कि ये क्या है और अरे यार ट्राफी बहुत ज्यादा मिलता है हम भी लेकर है क्या ना ये। ये बस भैया का है आप आ सकते हैं यहाँ पे बर्तन ले सकते हैं बर्तन ले सकते हैं चीज़ों के बर्तन खराब हो गए और एक बात ये जो मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पे हर एक चीज आपको तो मिल जाएगा सस्ती से सस्ती चीजें का सबसे बड़ा मार्केट ये ये है क्या गैलेक्सी बहुत मस्त कैमरा है सोनी के लेंस आता है इसका इसीलिए मैं वहाँ पे बल्ड बनाता हूँ एक साल बाद आ रहा हूँ वही ब्लॉग बना के कितना कमा रहा है अभी कितना वो बता नहीं सकता वो बता नहीं सकता यू के गाइडलाइन के खिलाफ होता है कुछ मिला है बहुत सारा बहुत प्यार मेरा लोगों को तो प्यार और क्या चाहिए अरे वो नहीं आता है अभी वो नहीं पूरा तो तो नहीं हुआ वो वन मिलियन तो मिलता है नहीं वो मिल गया है दो दिन पहले तो अच्छी बात है मेहनत करेंगे मुझे नहीं मिलेगा करता करता है है डांस वेब सीरीज ब्लॉक में तो अब लोग आएगा हाँ एकदम आ, आ जाएंगे रिकॉर्ड हो रहा है देखिए रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है सर मिलते हैं सो गाइस वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो बोल रहे थे कि यूट्यूब से हाँ बोला कि मैं यूट्यूब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉक वीडियो और एक बात बता दूँ यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है मार्केट की बात करें तो हमारे घर से लगभग पाँच किलोमीटर तब तक तो मैं मार्केट के दूसरे साइड आ गया तो वही अभी भी रोड क्रॉसिंग करके मैं जाऊँगा गूगल की शॉप पर और गूगल लेना पड़ेगा चार आइटम सौ रुपये चार आइटम भाई साहब आराम से रोड क्रॉसिंग करना पड़ेगा और कहीं मिलने वाला भाई साहब आइए हमारी गाड़ी के पास है दोनों वीडियो अंकल जी पूछ रहे हैं क्या मैं अभी कर रहे हैं मैंने अपना कपड़ा ले लिया और मैं हमेशा यहीं से लेता हूं आप देख सकते हैं अगर आप भी कहीं कभी भी आए वहाँ पे तो अपने से कपड़ा परचेज़ कर सकते हैं अपना पैसा कपड़े ले लिया और जो घर में लेने के लिए बोला है वो मैं जाऊँगा सब्ज़ी मंडी और उसके बाद वहाँ पे ना जो कहें पटेटो बहुत कुछ लेने बोला मिर्ची वगैरह वगैरह लूँगा उसके बाद तो शाम का टाइम है इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और शाम के टाइम में ही पेट यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है इसीलिए मैं शाम के टाइम ही ज़्यादा अधिकतर आता हूँ और मैं अभी एक साल बाद आ रहा हूँ तो मैं जहाँ से लेता वो फाइनली मेरा शॉपिंग कम्प्लीट हो गया और अभी मैं चलता हूँ घर के लिए सीधे क्योंकि लाइट नहीं है और जब मेरा कैमरा है ठीक की वजह से ही चलता है तो आपको मालूम है और तो बस मैं चलता हूँ आप घर के लिए तो मिलते हैं फाइनली तो फाइनल मार्केट से शाम को आ गया था और शाम को मेरा कैमरा नहीं चलता जब भी मैं मार्केट में वीडियो बनाता हूँ पब्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा मुझे मिलता है इसीलिए मैं वीडियो को ज्यादा शूट नहीं कर पाता शूट नहीं किया हूं, थोड़ा सा ही शूट किया हूँ क्या बोलू मतलब बहुत ही मज़ा आ गया वीडियो बनाने में मार्केट में और मार्केट में वीडियो बनाने में अलग ही मजा है तो वीडियो मिल जाएगा जल्दी और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो लोस्टो